क्या कॉन्फिडेंस रहा होगा एक लाइन लिखने के बाद लिख दिया अब उसको प्रूफ करना है उस जैसा बन जा उस लाइन को प्रूफ करने लायक बनना है उसको कितनी प्रैक्टिस करी होगी कि इज्जत खराब ना हो जाए आज आप लिख दो कि अगले तीन साल में इस बिजनेस से मैं पांच करोड़ कमाऊंगा और उस लाइन को प्रूफ करने के लिए अपने आप को जला दो आप लिख दो और फिर उस लाइन को प्रूव करने के लिए अपने आप को मैं कहता हूं जला डालो